कच्चा कच्चा कचरा कचरा कचरा पक्का पक्का कचरा कच्चा कचरा पक्का कचरा डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम डबल बबल गम बबल डबल गम चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा।, मारा।, मारा चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा चमन का भाई चमन चमन की बहन चमन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 चीनी चुराकर चिड़िया चोटी पर चढ़कर चट कर गई की चीनी चुराकर चिड़िया पर चढ़कर कर चीन के चीनी ने चांटी चीनी चटोरी चीटी ने चीन जाकर चीनी चांटी। चीन के चीनी ने चाटी चीनी चटोरी चीटी ने चीन जाकर चीनी चीन के चीनी ने चाटी चीनी चटोरी ने चीन जाकर चीनी चाटी चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला